नमस्कार बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुला राशि के जातकों के मार्च माह के राशिफल के इस स्पेशल कार्यक्रम में स्पेशल किस वजह से दोस्तों क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको जो है इस, जो है मार्च माह को प्रभावी बनाने के लिए जो दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग हैं उपाय हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस माह के सर्वाधिक अनुकूल व प्रतिकूल दिवस कौन से है इस पर भी चर्चा करेंगे आपके लिए शुभ रंग कौन से हैं शुभ अंग कौन से है मतलब हर एक विषयों को इसमें हम समेटे हुए हैं तो दर्शकों अंत तक बने रहिएगा आगे बढ़े दर्शकों इस माह के प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से हैं तो आइए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं छः तारीख शुक्रवार दिन रहेगा एकादशी व्रत रहेगा और नरसिंह द्वादशी भी रहेगी वहीं नौ तारीख सोमवार दिन होलिका दहन फाल्गुन मास की पूर्णिमा का प्रारंभ होता है और छोटी होली भी इसको कहते हैं इससे संबंधित हमने इंडिविजुअल वीडियो तुला के जातकों के लिए बना दिया है आप लोग जा के देख सकते हैं दस तारीख मंगलवार चैत्र मास का प्रारंभ और होली रंगावली रहेगी वहीं 11 तारीख बुधवार रहेगा और भ्रात द्वितीय रहेगी 14 तारीख शनिवार दिन रहेगा और मीन संक्रांति का पर्व रहेगा जी हाँ संक्रांति का अब आप सीधा सा मतलब समझिए सूर्यदेव जब एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं तो इसी को संक्रांति बोलते हैं जैसे कि अभी सूर्यदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं और कुंभ राशि में चलते चलते चौदह तारीख को फिर ये मूव करेंगे में, मीन राशि में तो इसी को संक्रांति बोल देते हैं जब मकर में रहते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं कुंभ में रहते हैं कुंभ संक्रांति बोलते हैं इसी प्रकार मीन राशि में आ गए मीन संक्रांति बोलेंगे 16 तारीख सोमवार दिन रहेगा 16 मार्च को और शीतलाअष्टमी रहेगी कालाष्टमी भी रहेगी उन्नीस तारीख बृहस्पतिवार दिन और पापमोचनी नामक एकादशी जी हाँ दर्शकों मोचनी एकादशी का जो है बड़ा महत्व है देखिए हमारे जो है हिंदू धर्म जो है हिंदू धर्म में और एकादशी का व्रत आप लोग रहिए एकादशी के दिन चावल इत्यादि का सेवन और मसूर की दाल का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वहीं दर्शक को पच्चीस तारीख बुधवार दिन रहेगा चैत्र नवरात्रि रहेगी गुड़ी पड़वा रहेगी सत्ताईस तारीख शुक्रवार दिन रहेगा और मत्स्य जयंती रहेगी वहीं अट्ठाईस तारीख शनिवार दिन रहेगा विनायक चतुर्थी का भी व्रत रहेगा इस दिन तीस मार्च सोमवार दिन रहेगा यमुना छठ भी रहेगी स्कंद स्कंदी बोलते हैं और रोहड़ी व्रत भी रहता है इस दिन तो दर्शकों जो भी हमारे तुला राशि के जातक हैं उनके लिए यह माँ कैसा है देखिए दर्शकों ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि न चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर जन्म राशि प्रधानत्म तो नाम राशि ने है तो नाम राशि की तो आपको चिंता भी नहीं करनी है आपको आपकी जो जन्म राशि है उससे देखना है यदि आपको आपकी जन्म राशि नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बर्थ का समय और बर्थ का स्थान कमेंट बॉक्स में आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं और हमारा यद, जो है यथासंभव प्रयास रहेगा कि आपको वास्तविक आपकी राशि से आपको हम अवगत कराएँ साथ ही साथ दर्शकों इस माह 28 और 29 मार्च को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं यदि आप लोगों के जीवन में भी कुछ परेशानी चली आ रही और दूर नहीं हो रही है तो एक बार हमसे मिल कर के आप लोग अपनी जन्म पत्रिका दिखा सकते हैं पर्सनली मिल करके और निश्चित रूप से लाभ होगा इसमें तो कोई संशय ही नहीं है आप लोग स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर टेलीफोन के माध्यम से या टेलीफोन कॉल नहीं उठता बाई चांस तो दोनों नंबर पे व्हाट्सएप की सुविधा उपलब्ध है आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके प्रोसीजर पूछ सकते हैं खैर ये तो था जो है मिलने मिलाने का प्रोसीजर तुला राशि के जातको चलते हैं इस माह के राशिफल की ओर क्योंकि जो भी गोल आपने सेट किए होंगे अचीव क्या आप उन्हें कर पाएंगे इस माह ये उत्सुकता बहुत रहती है भविष्य को जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है और एक बार और बताना चाहेंगे जब बात हो ही रही है तो देखिए करोड़ों लोगों की तुला राशि है दर्शकों आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चल सकता है केवल तुला राशि का ये राशिफल और हो सकता है आपके जो है जीवन में जो है मार्च महीने में ये सब चीजें घटित ही ना हो तो वास्तविकता यदि आपको जानना है तो आप अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जो भी चीजें चल रही होंगी आपकी जो है महादशा अंतरदशा क्या चल रही है सब डिविजनस जिस भी संबंधित क्वेरी होगी मान लीजिए कि संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है डी सेवन चार्ट देखना पड़ता है जीवन साथी के साथ आपके संबंध ही नहीं मधुर रह रहे हैं विवाह में देरी हो रही है डी नाइन चार्ट देखना पड़ता है कैरियर से रिलेटेड आपको बाधा आ रही है मतलब नौकरी इत्यादि नहीं लग रही है तो डी चार्ट देखना पड़ता है काफ़ी कुछ चीज़ें दर्शकों देखिए ज्योतिष में होता है ज्योतिष कोई एक इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है राशिफल तक ही सीमित नहीं है तो आप लोग अपनी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं खैर मार्च महीने में तुला राशि के जातकों देखिए पारिवारिक समस्याएं जो तुला राशि के जातकों की चली आ रही थी तो मार्च माह में पारिवारिक समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है तुला राशि के जातक मार्च माह में आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव भी करेंगे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चढ़ करके रहेगा किसी के आगे आप झुकेंगे नहीं किसी के आगे आप दबेंगे नहीं जो भी अभी तक आपको खाली खाली सुना सुनापन फील होता था ये सुनापन जाएगा विधि सम्मत कार्य संपन्न करने में रुचि आपकी बनेगी विधि सम्मत मतलब होता है जो कि शास्त्रों के सम्मत हो तो इन सब तरीके के कार्य आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इसमें कोई कोर्ट कचेरी से रिलेटेड मामलों में फैसला आपके पक्ष में देखी आ सकता है बहुत बड़ी ये बात है साथ ही साथ स्थान परिवर्तन यदि आपका ट्रांसफर कहीं अकारण हो गया और बहुत परेशान थे कि हमारा कास्ट ट्रांसफर रुक जाए तो स्थान परिवर्तन स्थगित आप लोग करवा सकते इतना पावर आप में आएगा पुराने रोग जो चले आ रहे थे तुला राशि के जात को चिंता करने की अब जरूरत नहीं है उनसे छुटकारा प्राप्त होता हुआ ये माह दिलारा खास करके जो लोग पेट से रिलेटेड जो है और स्किन से रिलेटेड जो है समस्याओं से जूझ रहे थे उनके लिए ज़्यादा मतलब जो है राहत देने वाला ये माह रहेगा ऐश्वर्य तथा दैनिक उपभोग की वस्तुओं का संग्रह होगा भोग बिलासता की सामग्री में आपका धन व्यय होगा जी हाँ कोई नई ऐसी क्रय कर सकते हैं कोई नया आप जो है क्या कहते हैं कार क्रय जो है क्रय कर सकते हैं साथ ही साथ कोई बढ़िया सा मोबाइल क्रय कर सकते हैं जो भी मतलब ऐश्वर्य के रिलेटेड साधन है तो इन सब वस्तुओं का आप लोग संग्रह करेंगे भूमि का टुकड़ा आपको पैतृक रूप से प्राप्त हो सकता है या आप अपने भुजबल के दम पर भी खरीद सकते हैं पराक्रम इसमें आपका बढ़ा रहेगा क्योंकि देखिए दर्शकों जुपीटर पराक्रमेश जो आपके बनते हैं पराक्रम के घर जो है घर में जो है संचरण कर रहे हैं तो बहुत बड़ी ये बात होती है साथ ही साथ महत्वाकांक्षी कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा बहुत ही बड़ा जो है जो महत्वाकांक्षी आपका प्रोजेक्ट है उसमें कुछ बाधाएं आएंगी हालांकि आप बाद में मेहनत करके उनको दूर कर लेंगे कार्यों में सफलता हेतु योजनाओं को परिमार्जित करने की आवश्यकता रहेगी अधिक परिश्रम इस माह तुला राशि के जातकों को करना पड़ेगा इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है अपव्यय महिलाओं के प्रति व्यवहार तथा प्रेम प्रकरणों में आपको सावधान रहना पड़ेगा आपके ऑफिस में आपके ऊपर कोई महिला एलिगेशन लगा सकती है आपके जो लव रिलेशन चले आ रहे थे इस पर आपके ऊपर कोई झूठा आरोप आपके घर में लगा सकता है तो इन सब चीजों से सावधान रहिएगा प्रेम प्रकरण में सावधान रहिएगा घर में आपका प्रेम इत्यादि जो है पकड़ा जा सकता है विदेश में भाग्योदय होने का योग बन रहा है जी हाँ विदेश में आप लोगों का भाग्योदय होने का योग बन रहा है जो स्टूडेंट्स विदेश से जुड़े हुए चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड हो गई है नौकरी से रिलेटेड तो वहां पर आपका भाग्योदय होगा वहां पर जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं आपके विरोधी जो रहेंगे थोड़े से मुखर रहेंगे इस मुखर रहेंगे साथ ही साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे मार्च महीने में तुला राशि वालों के कैरियर क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कैरियर में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता वहीं व्यवसायियों को इस दौरान कुछ सोच समझ करके आगे बढ़ने की सितारे सलाह दे रहे हैं और इस माह खर्चों में वृद्धि बहुत ज़्यादा होगी भाई जब लग्जीरियस चीज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है खर्च तो होंगे ही होंगे पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है क्योंकि आपके घर के किसी सदस्य को स्माह कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है तो धन का एक हिस्सा बीमारियों पर इस माह जाएगा तुला राशि के छात्रों को भी इस समय अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं प्रेम संबंध के बारे में हमने आपको सावधान कर ही दिया सावधान रहिएगा यदि शादीशुदा है तो आपका जीवन साथी आपसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकता है और बड़ी एक्सपेंसिव चीज होगी यदि हम सेहत की बात करें तो तुला राशि के जो हमारे जातक हैं इनको आंखों से रिलेटेड कान से रिलेटेड और छाती से जुड़ी हुई परेशानियों से जूझना पड़ सकता है सामना करना पड़ सकता है इस माह सितारे कह रहे हैं कि वाहन इत्यादि तुला राशि के जात आप लोग बहुत सावधानी पूर्वक चलाइएगा बहुत ही ज़्यादा सात सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ जाइएगा और सूर्य देव को अर्घ दे करके आपको सूर्य गायत्री मंत्र और साथ ही साथ 21 बार शुक्र गायत्री मंत्र का जाप करिएगा हमारे फेसबुक पेज पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं उपाय नंबर दो आपको करना क्या रहेगा हर मंगलवार को सवा किलो मसूर की दाल आपको हनुमान जी के मंदिर में पुजारी को दान देनी रहेगी तीसरा एक प्रयोग और है आप लोग इसको कर लीजिएगा बहुत ही अच्छा प्रयोग है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ तुला राशि के जात को हर बुधवार को आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए कई चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी साथ ही साथ हर शनिवार वाले दिन चूंकि शनि की ढैया का प्रारंभ भी तुला राशि के जात को आपके ऊपर हो गया है तो हर शनिवार वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष पर सुबह जलार्पण करना रहेगा और शाम के समय आपको एक सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना रहेगा और दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ प्रातः काल भी जाकर के जो है आप करिए शनि मंदिर में जाकर के या पीपल के जो है वृक्ष के सम्मुख जाकर के आप करिए वहीं पर जल चढ़ाने के बाद और सायंकाल भी आपको अपने घर में पूजा घर में करना रहेगा दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा तुला राशि के जात अमावस्या तिथि के दिन मीठा चावल गाय कुत्ते कौए को जरूर आप लोग खिला दीजिएगा अरिष्ट निवारण होगा तो ये छोटे छोटे से प्रयोग करके इस माह आप शुभता में वृद्धि ला सकते हैं बढ़ते हैं आगे इस माह के शुभ दिवस कौन कौन से हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए 6 तारीख 8 तारीख 16 तारीख 17 तारीख 23 तारीख और 26 तारीख सर्वाधिक शुभ रहेंगे वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 1 तारीख तीन तारीख दस तारीख बारह तारीख चौदह तारीख अट्ठारह तारीख इक्कीस तारीख आपके लिए प्रतिकूल दिवस रहेंगे भाग्यशाली रंग पर आ जाते हैं तो सर्वाधिक जो भाग्यशाली कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट कलर दूसरा ओशियन ब्लू कलर और कोरल ब्लू कलर ये दो कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक छः और अंक दो आपके लिए सर्वाधिक भाग्यशाली अंक रहने वाले हैं इन अंकों का आप प्रयोग करके अपने जीवन में शुभता में वृद्धि ला सकते हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए प्रत्येक संडे प्रत्येक रविवार रात्रि 10 से 11 बजे तक हम लाइव आते हैं तो जो भी हमारे सम्मानित दर्शक हैं तुला राशि के आपको भी यदि अपनी कुंडली से संबंधित कुछ एकाद प्रश्न पूछने हैं तो संडे का वेट करिए और रिमाइंडर लगा लीजिए जब आप बेल आइकन दबाएंगे सब्सक्राइब के बगल वाला तो अपने आप हमारी नोटिफिकेशन बिना किसी बाधा के आप तक पहुँच जाएगी और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं पुनः अट्ठाइस और उनतीस मार्च को मुंबई आगमन हो रहा है जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार